प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंदौर में जी ट्वेंटी के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और कहा कि इंदौर में जी ट्वेंटी की कृषि क्षेत्र की उन्नति और भविष्य की संभावनाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की कि आय दुगनी करने के लिए तीन दिवसीय बैठक के मंथन से किसानों के लिए अमृत निकलेगा ऐसा मेरा मानना है कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा मेरा मानना है की कृषि क्षेत्र को लेकर तीन दिवसीय मंथन से किसानों के लिए अमृत निकलेगा पटेल ने कहा मैं G20 की बैठक में आए सभी प्रतिनिधियों का कृषि प्रधान राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साढ़े आठ करोड़ जनता के साथ किसानों की ओर से स्वागत करता हूं। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कृषि प्रधान राज्य मध्य प्रदेश ने सात बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में आगे आ रहा है लगातार 20 प्रतिशत कृषि विकास दर प्राप्त की है उन्होंने कहा कि इस बैठक से किसानों की आय दुगनी करने की प्रधानमंत्री मोदी की मंशा को आत्मबल मिलेगा साथ ही किसान अपनी फसल MSP पर बेचते थे वे अब एम आर पी पर बेचेंगे ऐसा मेरा मानना है देश का किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्धशाली और आत्मनिर्भर होगा आज ऐसी इंदौर में कृषि क्षेत्र के उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र में भविष्य की खेती के खेती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में दोगुना करने के लिए G20 की दिवसीय बैठकें इंदौर में होने जा रही है जिसका उद्घाटन प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के कर कमलों से होगा मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी की बैठक जो इंदौर में कृषि क्षेत्र की तीन दिवसीय हो रही है उसके लिए आप सभी भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी और साढ़े आठ करोड़ जनता और किसानों की ओर से और ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं